जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है जाने उस शख्स को कैसा ये हुनर आता है रात होती है तो आँखों में उतर आता है मैं उसके ख्यालों से बच के कहाँ जाऊँ मैं उसके ख्यालों से बच के कहाँ जाऊँ वो मेरी सोच के हर रस्ते पे नज़र आता है